हेलो दोस्तों तो आज हम जानने वाले हैं कि डी होता क्या है आज हम डी के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी एफ का पूरा नाम होता है डाटा फ्लो डायग्राम। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा डाटा के फ्लो का डायग्राम की किस फे में बहता है जैसे हमें एक लाइब्रेरी में जाता है और हमें किसी की बुक चाहिए कोई भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो हमें एक मैप दे दिया जाता है मैपिंग बताती जाती है कि आप यहाँ से राइट मुड़ जाए लेफ़्ट मुड़ जाए तो आपको ये बुक यहाँ पे मिल जाएगी डी का पूरा काम मैपिंग पे ही बेस्ड होता है डी का पूरा नाम डाटा फ्लो डाइग्राम इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि डाटा के फ्लो का डायग्राम के मतलब किस फ्लो में बह रहा है कहाँ से पहले क्या कर रहा है यूजर के पास जा रहा है फिर यूजर से कहाँ जा रहा है फिर क्या प्रोसेस हो रहा है बस और इसमें कुछ नहीं रहता इसका पूरा नाम होता है डाटा फ्लो डाइग्राम इंफॉर्मेशन सिस्टम से गुजरने वाले डाटा के फ्लो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या वही मैपिंग है तो होता है उसका मैपिंग होता है इसके बाद चलिए आगे देखते हैं डाटा फ्लो डायग्राम का यूज़ सॉफ्टवेयर सिस्टम के ओवरव्यू के बनाने के लिए किया जाता है मतलब कि हमें अगर बहुत जल्दी जल्दी है और हमें कोई भी चीज़ समझनी है तो हम डाइग्राम के माध्यम समझ सकते हैं कि नहीं हाँ ये ऐसे हो गया यहाँ से पानी गया यहाँ से नाला बहता है यहाँ से छोटा नाला है छोटा नाला से बड़ा नाला है बड़ा नाला से ज्यादा जाके समुद्र में जाके बह गया तो हमें एक तो ओवरव्यू मिल जाता है कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है ये पूरा ओवर व्यू हमें मिल जाता है तो यही होता है ठीक इसमें पूरा मैपिंग पे बेस्ड होता है लेकिन इसको एक्चुअल मैपिंग नहीं बोला जाता लेकिन मैपिंग पे ही पूरा बेस्ड होता है इस पर पूरा मैप के द्वारा इसमें रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि हाँ पहले यूजर से यहाँ हुआ है फिर यहाँ इंटरेप्ट हुआ है ऐसे डाटा फ्लो डायग्राम जो है वह आने वाले इनपुट डाटा फ्लो और जाने वाले आउटपुट फ्लो का था, था। किए हुए को डाइग्राम अर्थात ग्राफ्ट रूप में रिप्रेजेंट करता है बात तो वही हो रहा है ये इनपुट डाटा हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं और जो आउटपुट के रूप में ले रहे हैं ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट के रूप में हमने जैसे कुछ लिया जैसे दो या दो का इनपुट लिया और उसका आउटपुट के रूप में हमने चार दिया तो और इसको जो चार है हमने उसको स्टोर कर लिया है तो वही तो है इनपुट लिया आउटपुट लिया फिर आउटपुट को हमने इस्टोर कर लिया ये पूरा डायग्राम के वेज में हमें बताया जाता है इसमें लेकिन डी एफ इसका प्रोसेस के बारे में डिटेल में नहीं बताते हैं प्रोसेस के बारे में डिटेल्स थोड़ी बताते हैं कि दो लिए फिर दो से दो फिर चार हुए फिर उसको हमने ऐड किए पूरा हमें प्रोसेस नहीं पता सिर्फ हमें इनपुट दे इनपुट के रूप में जैसे दो दो हमने वैल्यू ली उसका आउटपुट होगा प्लस हमने जैसे एडिशन उस परफॉर्म किया एक्शन प्लस होगा तो फोर होगा फोर हमारा आउटपुट हो गया वही आउटपुट हमारा स्टोर हो जाएगा तो यही पूरा उसको डिटेल में नहीं बताएगा सिर्फ उसका क्या प्रोसेस है प्रोसेस के बारे में डिटेल्स नहीं बताएगी सिर्फ उसका नॉर्मल हमको थ्योरी बताया जाता है जैसे हमें नॉर्मल थ्योरी पूछी वाइवा में थ्योरी वगैरह जब पूछे जाए तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं मैं -मैं बताते सिर्फ उसका मैन मैन पॉइंट बताते हैं बस उसमें माइन पॉइंट ही बताया जाता है तो हम देखने वाले हैं डी के कंपोनेट डी के चार कंपोनेंट होते हैं पहला होता है एक्सटर्नल एंटिटी ठीक उसके बाद होता है दूसरा होता है प्रोसेस कि हमें प्रोसेस जो हमने किया है और होता है डाटा स्टोर डाटा स्टोर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन बहुत सारे केसेस में डाटा स्टोर को अब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमने कुछ किया फिर हमने यहाँ पे डी वन करके अपना पहला डाटा दे दिया फिर हम डाटा इनपुट जो यहाँ पर दे रहे हैं जिसका डाटा हमने दिया है जिस भी डाटा बेस का हमने डाटा दिया उसके यहाँ पे नाम लिख देते हैं जैसे पुलिस स्टेशन के दे रहे हैं डाटा तो पुलिस स्टेशन लिख देते हैं वो डाटा बेस्ड अपने हिसाब से तैयार हम लोग करते हैं या आप इससे भी डाटा स्टोर को शो करते हैं इससे भी कहीं की इशू किया जाता है डी से जब अब हम अभी आगे इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे इसके बाद हमारा आता है डाटा के फ्लो डाटा का फ्लो जैसे हमें कहाँ हम लोग किस रस्ते में जाते हैं तो जैसे कहीं किसी जगह हम लोग जा रहे हैं तो हमें पता नहीं रहता किस जगह जाना है हमको एक्चुअल घर नहीं पता है तो हम लोग किसी से पूछते हैं तो बताता है नहीं आप यहाँ से राइट ले लो आप यहाँ से लेफ्ट ले लो तो वही चीज़ डाटा फ्लो डाटा फ्लो मतलब हमें कहाँ किस ये किस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से यहाँ कैसे जाना है वही डायरेक्शन को शो करता है ठीक और इसके एंटेटी ये सब के बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे डेबड्यू मुख्य से चार कंपनियों टूटे हैं आप जान चुके हैं अभी एंटेटिटी डाटा स्टोरेज प्रोसेस डाटा फ्लो ठीक अब इंटे टाइटी को हम लोग और अच्छे से जानेंगे डाटा के डाटा के सोर्स तथा डिस्टिनेशन के इंटाइटी कहते हैं अब डाटा का सोर्स होगा और जो डिस्टिनेशन होगी यहाँ से वहाँ तक जाना है डिस्टिनेशन को तो इंटाइटी कहेंगे सोर्स कोड मतलब सोर्स जो हमने लिया और डिस्टिनेशन तक हमको इसको पहुँचाना रहता है तो यही होता है इंटाइटी कहते हैं इंटाइटिस को रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अपने आपने स्टार्टिंग में देखें इसको रेक्टेंगल फॉर्म में रेक्टेंगल आप इसको बोल सकते हैं ये ये हो गया रेक्टेंगल फॉर्म अपना सॉरी यहाँ ये नहीं होगा बस ये ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया ठीक तो इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंटाइटी जो भी हमारी एंटाइटिस होती है हमारे प्रोग्राम की या प्रोसेस की डी एफ जो भी हमारी हो, एंटाइटिस होती है तो इसी के इसी सेब में लिखी जाती है इसके अंदर ही रेक्टेंगल सेप में ही लिखी जाती हैं। अब हमारा दूसरा है डाटा स्टोरेज। तो डाटा स्टोरेज क्या होती है इसमें डाटा स्टोरेज मींस होता है कि डाटा का स्टोरेज जो हमने हम जैसे कोई भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो हम उसको स्टोरेज प्रदान करते हैं हाँ कि ये स्टोरेज प्रदान है इसमें से आप इसको मैच करो मैचिंग में है तो ठीक है नहीं तो फिर अदरवाइज उसको चेंज कर देंगे डाटा इस्टोरेज ऐसी जगह जहाँ डाटा स्टोर होता है इसे एक ऐसे रेक्टेंगुलर से प्रेजेंट किया जाता है जिसकी एक साइड नहीं होती है ये दोनों साइड नहीं होती हैं अब इसको डाटा को मैंने पहले भी बताया था इसको इस सेम में अभी के जनरेशन में इस तरह में इसको वो किया जाता है यहाँ पे अपना डी वन लिख दिया जाता है ठीक और यहाँ पर अपना जो डाटा होता है उसका नाम जैसे पुलिस स्टेशन का हम लोग डाटा ले रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं नहीं तो इसको नॉर्मल में ऐसे ही शो कर दिया जाए इसमें इसके अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दो साइड्स इसकी नहीं होती हैं बस अब इसके बाद हमारा आता है प्रोसेस जैसे हम कोई भी काम कराते हैं तो बिना प्रोसेस के तो हो नहीं सकता जैसे हम लोग एडिशन भी कराते हैं तो उसका एक्शन परफॉर्म होता है प्लस हमने दिया तो फिर टू टू टू प्लस तू जो होगा वो प्रोसेस होगा फिर जाके चार होगा उसमें जो हम काम करवाना चाहते हैं डीएफडी में अपने तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है फिर तो प्रोसेस ही यही है ठीक और इस प्रोसेस को हम सर्कल में डिफाइन करते हैं राउंड इट रेक्टेंगल के द्वारा प्रिंट किया जाता है यह एक कार्य होता है जो किसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है इससे सर्कल या राउंड इड रेक्टेंगल के द्वारा प्रजेंट किया जाता है ठीक जैसे हम कोई भी एक्सर परफॉर्म करते हैं जैसे हमें प्लस ही करना है किसी को तो प्लस करने के लिए क्या टू प्लस टू लिखे इक्वल टू फोर हुआ तो जो फोर आया वो क्यों आया प्रोसेस होने के बाद ना आया वहां वहाँ फाइव भी तो आ सकता है सिक्स भी आ सकते लेकिन नहीं टू प्लस टू उसने मेमोरी आ, सिस्टम ने उसको रेड किया तो उसको फोर दिया उसको आपको आउटपुट का तो ये क्या हो रहा है प्रोसेस हो रहा है तो ये प्रोसेस हो गया और जिससे सर्कल में ज़्यादातर सर्कल में ही इसको शो किया जाता है अब डाटा फ्लो क्या होता है यह डाटा के मूवमेंट के दिखाते डाटा आप सिंपल समझ सकते हो डाटा फ्लो आपके मूवमेंट को बताता है डाटा फ्लो के मूवमेंट को बताता है कि डाटा फ्लो किस वे में हो रहा है किस दिशा में हो रहा है कहाँ से आया है कहाँ पर जा रहा है कहां कहां से आ रहा है जैसे डाटा बेस से हमने जो डाटा लिया है उसको भी हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं प्रोसेस के साथ मैच करवाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें हमें डाटा में, में दिखाई देती हैं अब हम आगे देखने वाले हैं डिफाइंड डी एफ जो डी हम लोग बनाते तो हैं उसमें थ्री लेवल्स होते हैं अमूमन इसमें थ्री लेवल्स बोले जाते हैं लेकिन थ्री से भी ज़्यादा लेवल्स इसमें बनाए जाते हैं अमूमन टू या थ्री बनाए जाते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा लेवल्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिटेल से डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन अमूमन ज़्यादातर टू तक ही हम लोग जाते हैं तो डी एफ फिजिकल एवं लॉजिकल लेयर के अलावा डी को कई आधार पर भी प्रतिष्ठित किया जाता है मतलब इसको कई भी लेवल्स में बांटा जाता है ठीक तो पहले हम लोग देखते हैं लेवल ज़ीरो लेवल ज़ीरो क्या होते हैं लेवल जीरो आप ज़ीरो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेवल जीरो में आपको कुछ नहीं बताया जाएगा सिर्फ आपको बताया जाएगा इनपुट कहाँ से लिया गया है और प्रोसेस क्या हुआ है बीच में और यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको जैसे इनपुट हमने टू टू लिया प्रोसेस हम यहाँ पर होगा अपना एडिशन का प्रोसेस होगा यहाँ पास ठीक अब प्रोसेस हो के हमारे यहाँ पास क्या हो जाएगा नहीं यहाँ पे टू प्लस टू लिए यहाँ पर एडिशन होगा फिर यहाँ हमारा फोर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो लेवल जीरो लेवल में आप इसको और अच्छे समझा इस और अच्छे समझ सकते हैं जीरो लेवल में यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा प्रोसेस होगा और एंड पॉइंट रहेगा आउटपुट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता ठीक जैसे हमने कोई मुजरिम उसको किसी के यहाँ चोरी हुई है तो यहाँ पास अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा कहाँ लिखवाएगा पुलिस स्टेशन में उसके बाद प्रोसेस होगा फिर यहाँ पे मुजरिम लास्ट में हो जाएगा ठीक क्या हमें प्रोसेस होने के बाद मुजरिम तो ये दो स्टेप्स एक ही स्टेप में हो जाएगा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है इसे कंटेक्स डाइग्राम के, के रूप में भी जाना जाता है और इसी को कंटेक्स डाइग्राम के रूप में भी जाना जाता है आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं कंटेक्सट डायग्राम तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो लेकिन ये कंटेक्सट डायग्राम ही है ठीक अब हम लोग लेवल वन के बारे में जानते हैं आगे तो यह लेवल जीरो का एक अधिक डिटेलिंग वर्जन होता है सीधी सी बात है उसमें और ज़्यादा हमको चीज़ डिस्क्राइब की जाती है इसमें और ज़्यादा चीज़ें डिस्क्राइब कर दी जाती हैं और जिससे डेटा के विभिन्न इंपॉर्टेंट इकाइयाँ शामिल होती हैं और इसको और इंपोर्टेंट इकाइयाँ इसमें शामिल होती हैं तब तो हम बात करने चाह रहे हैं लेवल वन का लेवल वन इसका सीधा सा कह सकते हैं लेटेस्ट वर्जन होता है जैसे नया सॉफ्टवेयर आता है उसमें अपडेट आते रहते हैं तो हमारे लेवल्स को इनक्रीज करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं अब लेवल टू क्या होता है लेवल टू होता है लेवल वन का अपडेटेड वर्जन जैसे अपडेट आते रहते हैं मोबाइल में हर एक समय आते रहते हैं दो महीने में पाँच महीने एक साल में अपडेट आते रहते वैसे तो इसका अपडेटेड होता है लेट अपडेट लेवल वन का अपडेटेड होता है लेवल टू सीधा से कहना है सीधा होता है इसका अपडेटेड वर्जन होता है उसको और अधिक डिटेल में बताया जाता है इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है फिर इसके और अपडेट आते जाते हैं तो और इसको और अब इसको अपडेट होता है इसे हम और गहराई से प्रेजेंट करते हैं और इसका अधिक अधिक डिटेले रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं डी का स्तर अपने आप बढ़ता रहेगा डेपडे के तरह अपने आप बढ़ता रहता है ठीक है इसको और अधिक भी बढ़ाया जाता है अगर आप चाहें तो इसको थ्री फोर फाइव ऐसे भी ले जा सकते और उसको और डिटेल में बता सकते हर एक चीज़ को डिटेल में लेकिन इतना काफ़ी रहता है ठीक तो आइए हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं